हेलो वेलकम बैक टू पार्थिक ब्लॉग एंड मेरी तरफ से सबको जोहार झारखंड जोहार झारखंड तो आज का मेरा टॉपिक है जो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो है तो मैं यहां खड़ा होकर लगातार है दो तीन मिनट तक कुछ बोलना चाहता हूं ताकि कॉन्फिडेंस हाई हो मेरा तो फिर मुझे YouTube पर अभी मिलेगी मिले मुझे तो नहीं ना। मुझे मिले confidence. Confidence ना ना तो तो ये नहीं मालूम है पर YouTube से से मुझे जरूर मिलेगी आज जब मेरा मैं फिर में सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ सबका भगवान होती है इंडिया में जिसके चक्कर खाना हम लोग पेट भरता वो भगवान का दर, दर्जा मनाया जाता है सही बात है भाई लोग तो भाई बोलो यार भगवान तो है ना भाई माँ बाप भी मानता हूँ भगवान ही होता है उसके चक्कर में पैसा आएगा पेड़ भरेगा हम लोग के तो इससे क्या साबित होता है की भगवान हर जगह माल पता नहीं हर इंसान में देखा जाए तो हर इंसान में ही भगवान होता है एक दूसरे के लिए कहावत है जो अपनी मदद मदद खुद करता है है। भगवान हाँ, उसकी सही बात तो गांव में कहावत भी है अब गलती करते हैं तो नर की में मिलती है। कहावत है सर तो मेर, मेरा ये मानना है ऊपर में कुछ नहीं होगा जो होता जमीन में ही होता है। जमीन में होता है ठीक है तो जिसका घर में भी पैसा के कमी होगा वो 100% उसको जिंदगी जीतता है, तो सा सा है। क्योंकि हर चीज हर चीज उसका जो चीज चाहिए अपना जिंदगी में हर चीज वो एफोर्ड कर, कर रहा है ठीक है तो मैं बोलना चाहता हूँ हर यहाँ से यहाँ से हर स्टूडेंट से टीम से भाई हम लोग एक, एक बिजनेस, तो बिजनेस सबसे, सबसे लो स्टार्टअप नर की जिंदगी पूरा फीलिंग होगा पूरा पैसा कमी होगा पूरा ज्यादा सबका पैसा कमी होगा पूरा होगा पैसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा उस टाइम तो मतलब स्वर्ग भी जिंदगी आएगा साल भर लगेगा साल लगेगा जरूर <sunrise> <उड़े के> जरूर मैं, मैं बताइए अपना डिसीजन तो सभी से बोलना चाहता हूँ वहाँ आके ज्वाइन करिए भाई लोग क्योंकि साथ में उड़ेंगे यार ठीक है बस आज के लिए साथ में आज का वीडियो यही मैं समाप्त करता हूं एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा तो भाई लोग आप लोग भी बोल दीजिए थैंक यू भाई लोग